सो so, वीडियो को शुरू करते हैं देखिए यहाँ पे देख रहा है हाइड्रोजन पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये और ये ये दो ब्लॉक क्या है इस, इस इसको बोलते हैं एस ब्लॉक इसको बोलते हैं पी ब्लॉक और ये जो है ये ये इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे एस ब्लॉक से समझे तो ए, ये जो है यहाँ से शुरू करेंगे हाइड्रो हलीना कब्र से फरार मतलब कि हलीना जो है कब्र से फ़रार हो गई मतलब भाग गई बहुत इंटरेस्टिंग है आपको इंटरेस्टिंग लगेगा मैं भी सीखा हूँ कुछ यूट्यूबर से यहाँ है ऑरेंज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम बेटा मांगे कार सेंट्रो बापड़े मतलब बेटा मांग रहा है कार सेंट्रो बापड़े च, ओके अब हम लोग इधर आएंगे पी ब्लॉक अगर याद हो गया होगा तो फिर से अगर याद नहीं हुआ तो फिर से देख कर वीडियो को पॉज करके फिर से अन, देख सकते हैं रिपीट करके वीडियो को आ, ये है पी लॉक में यहाँ से नन मेटल से शुरू करेंगे ब्रिंग आलू गाजर इन थैनों में लाओ मतलब कि जो सब्जी है जो सब्जी होते हैं आ, जैसे कि आलू गाजर तो न कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम कोई काम नहीं कर रहा है तो जाओ आ, कुछ ख़रीद के लाओ तो इस इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं बड़िंग आलू गाजर इन थैलो में लाओ समझे अब हम लोग इधर होंगे कार्बन से कार्बन से शुरू करेंगे देख रहे हैं हम तो बोलते हैं कि केमिस्ट्री सर केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम uh, अगर केमिस्ट्री सर है हम लोग उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि न, सर कुछ प्रॉब्लम पूछना है तो ऐसे याद कर सकते हैं केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम समझे नई अब है नाइट्रोजन से तो नाइट्रोजन में है नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े मतलब कोई न, न, नया पड़ोसन आई है या आया है तो सब बिगड़े लेकिन बि, बिगड़े को अगर कोई फीमेल है तो बिगड़ी भी कर सकते हैं जैसे कि नई पड़ोसन आने से सब बिगड़ी मतलब नई पड़ोसन आने से सब बिगड़ी चलिए अब इ, इधर है ओ ऑक्सीजन ओस से टेपो मतलब ओस से टेपो जैसे कि हम लोग मराठी में कहते हैं कि ओस से टेपो मतलब हुआ कि आ, हम लोग किसी से नकल करते हैं जैसे कि एग्ज़ाम में बहुत बहुत बच्चे हैं उनको नकल करना पसंद होता है तो आ, आप उससे आप लोग उनसे नकल करते हैं तो ओस से टेपो ओस से टेपो ठीक है चलिए आगे चलते हैं फिर कल फूडें देखेंगे फिर कल बाहर आई आंटी क्या है फिर कल बाहर आई आंटी ठीक है चलिए नेक्स्ट चलेंगे लास्ट है हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन तो ऐसे आप लोग को याद हो गया होगा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अब हम लोग इस डी ब्लॉक पर चलेंगे तो इसके डी से शुरू करेंगे आ, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू जैसे हम लोग किसी न, पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो बहुत से लोग कोई शादी करता है तो ऐसा नहीं करा कोई शादी कर लो है सुनो सुनो मतलब लिसन करो तुम ब्याह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू समझे बात को सो so, आज के लिए बस इतना ही फिर अगले पार्ट में चलेंगे हम लोग कल थैंक यू फॉर दिस